लोग फाइनली पहुंच गए सन्ने मार्केट में तो so, देखते के अपने लाइक तो कुछ रहता नहीं फिर भी हम लोग आ जाते हैं क्या करें हम लड़के लड़के ही है हैं ना क्या कर सकते हैं मार्केट में लड़कियों को देखने के लिए आ जा सकते गर्लफ्रेंड है नहीं, नहीं ऐसे ही घूम के लड़की देखते दिल को बहला लेते मार्केट पूरा आपके मार्केट का पूरा टूर कराता ये चेक करो ये सारी लड़कियों की सब जितना भी है ऑलमोस्ट मतलब यहाँ पर लड़कियों के लिए सिर्फ बैग्स मिल जाएंगे और बेल्ट वगैरह ऐसे कुछ मिल जाएगा बाकी सब कॉस्मेटिक सामान कपड़े लड़के के ही रहते हैं बैग में ये सब देख रहे सब लड़की लोगों के सब लड़की लोग खाते पीते तो चलते हुए आगे देखते अपने लायक कुछ रहेगा तो दिखाता हूँ और अगर कोई ये लड़की देख रही है तो कमेंट करें कि मैन मतलब जो भी रहते गर्ल और कोई लड़का है तो लाइक करें अगर उसने लाइक और कॉमेंट नहीं किया तो मैं समझा वो कुछ और ही है एक बार मुझे अपना नाम कॉमेंट करना है जो लड़की देख रही है और यहाँ पे भी मेरे को बहुत सारे लोग ऐसे देख रहे हैं जैसे देखते हैं ना फर्स्ट टाइम कोई इंसान को देख रहा है एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है ना जब से तो ना क्लासेस ना स्कूल ना कुछ नहीं अभी घर पे बैठे बैठे बोर भी हो रहा हूँ तो अभी आपको देखो अभी सिनेमैटिक चक्करों एक शॉप चलती है और मैंने पूरा ब्लॉग नहीं सोच दिया था आदि आपको दिखाई ये देखो ये शॉप दी ये वाली शॉप वो वाली शॉप वो वाली शॉप और ऊपर भी जल गया थोड़ा बहुत तो ये देख रहे हो अभी भी यहाँ पे काम चालू ही है पूरा ये देखो ये देखो ये भी शॉप जल पी बाइज़ वहाँ पर जो जो शॉप जली थी वहाँ पर ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ पर जो भी हुआ बहुत ज़्यादा ही नुकसान हुआ था मतलब उनका होते तो हैं पूरा जितना सामान था वो सब पूरा जल गया था एक भी कुछ नहीं बचा था कि दूसरे दिन कुछ बेच सके और यहाँ पे थोड़ा काला आ रहा है क्योंकि मौसम ऐसा तो उनका बहुत ऐसा था ना वो दूसरे दिन दुकान नहीं खोल सकते और ऊपर जो फ्लोर पे था ना उनका जो दूसरे का घर था वो भी जल गया फंस उनकी वजह से उन्होंने कुछ ऐसी गलती कर दी जिसकी वजह से वहाँ पर आग लग गई तो कभी भी बोलते हैं इलेक्ट्रिक या फिर सिगरेट या फिर कुछ भी रहे तो अपने कपड़े और कहीं पे भी ध्यान से रखे नहीं तो कभी गलती से आग लग गई ना तो समझ रहे हो जैसे उनका इतना बड़ा रिक्स नहीं अरे काला की आ रहा है मुझे समझ में नहीं, नहीं आ रही बरूबर आए इसलिए बोलते कभी भी रिक्स नहीं लेने का नॉर्मल ही रहने का ज़्यादा अभी बोलते हैं ना कभी जैसे ज़्यादा सिगरेट नहीं तो इधर में आ गए सिगरेट तुरंत जैसे गिरा दिया तो उधर आग लगने के ज़्यादा चांसेज रहते और वो तो कपड़े की दुकान थे पूरा कपड़ा सूखा रहता है मालूम इतना कड़े कड़े कपड़े रहते जब नहीं रहते तो इसलिए वहाँ पे जल्दी से आग लग जाती है तो आप भी ध्यान देना तो फाइनली हम लोग यहाँ आ गए नहाँ पे बोलते ना पूरी खबर सुनम ले यहाँ पे ये ये चेक करो ये पूरा पूरा सुनसान रोड है आस पास कुछ भी नहीं दिख रहा है ये बंदा हम लोग को इधर पे लेके आ गया ये बंदा और देखते अभी हम लोग इधर जाने वाले कुछ पता नहीं समझ में नहीं आ रहा पूरा रोड ऐसे ना गाड़ी ऐसी ऐसी हो रही है रिक्शा आराम से ब्लॉग शूट करके आप भी कर रहे हैं ऐसे को मार देगा <laughs> अरे पैसेंजर को क्या जल्दी जा रहा है हमने कौन करके आ रहे अपन घूम रहे आराम आराम हाथ लगा जाए आगे जाने गए उसको लगा लोग लगे भाड़ा वा रहे पकड़िया ये रिक्शा विदाउट पैसे मतलब गाड़ी चला रहे क्स्ट ब्लॉग कल बलग थोड़ा कंटीन करूँगा क्योंकि मुझे बहुत सारा एडिट भी करना है दो तीन दिन का ब्लॉग पड़ा है वो भी एडिट करना है तो चलते आज का ब्लॉग ये मतलब कल का ब्लॉग शूट करेंगे तो उसके बाद एंड होएगा ये तो तब कब्कट के लिए बाय बाय चेक किया मैं पहुँच गया हूँ घर पे और घर पे आने के बाद मालूम है इतना मैं थक गया मतलब ये दूसरे दिन मैं ब्लॉग एडिट करूँगा और देखते अभी आइएगा ब्लॉग अभी और ये